बैंक के डैशबोर्ड पर ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी मर्चेंट आईडी लॉगिन कर रखी है और फिनो पेमेंट बैंक का डैशबोर्ड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है इसमें कई सारी सर्विसेज हैं जैसे कि टू व्हीलर इंश्योरेंस वगैरह से लेते हुए मोबाइल रिचार्ज डीटीएच रिचार्ज और मनी ट्रांसफर का जिसमें आप माइक्रो ए यानी कि ए के द्वारा भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं और ए यानी कि फिंगरप्रिंट से भी आप पैसा निकाल सकते हैं ये सारी चीज़ें इसकी सर्विस की बात हो गई इसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं अच्छी हैं तो चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि इसकी मर्चेंट आई हमें कितने की मिलेगी तो आपको सबसे पहले बता दें कि इसकी मर्चेंट आई अगर आप सिर्फ आई और पासवर्ड लेना चाहते हैं यानी इसमें आप माइक्रो ए का सिस्टम नहीं लेना चाहते हैं आपकी आई में सर्विस रहेगी लेकिन आपको ये माइक्रो ए नहीं मिलेगा सिर्फ तो वो आई आपको मिल जाएगी 3000 की यानी सिर्फ इसकी आई जो है वो तीन की पड़ेगी अगर आप आई के साथ पिन पैड डिवाइस भी लेना चाहते हैं तो वो आपको पड़ जाएगी सात की यानी अगर आप सात हज़ार करते हैं तो आपको ये मर पिन पिनपैड डिवाइस और लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा लेकिन यदि आपने पहले आईडी ले लिया है 3000 की और अब आप चाहते हैं कि आपको पिन पिनपैड डिवाइस भी मिले तो ये डिवाइस आपको 6000 की पड़ जाएगी यानी आपको दो हजार का नुकसान उठाना पड़ जाएगा तो अगर आप ऐसा आपको नीड है कि आपको पिनपैड डिवाइस और आई दोनों चाहिए तो आप सात वाली ले लीजिए अगर आपको जरूरत नहीं है ए से पैसा आप विड्रॉल नहीं कराना चाहते सिर्फ आधार से ही आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके लिए तीन वाली आई बेस्ट होगी तो ये तो हो गई कि मर्चेंट आई कितने की पड़ेगी अब बात कर लेते हैं कि इसकी वेलकम किट यानी अगर आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए वेलकम किट की जरूरत पड़ती है जिसमें अकाउंट नंबर एक किट में होता है और दूसरे किट में ए होता है तो ये वेलकम किट आपको पैंतीस रुपए की एक किट पड़ेगी जिसका 20 सेट आपको पहली बार में लेना पड़ेगा सात सौ रुपये पेड करके यानी पैंतीस का एक किट पड़ेगा जब भी आप किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे तो ये किट का पैसा आपको आपके खाते में वापस मिल जाएगा चलिए बात कर लेते हैं फिनो कमीशन की कमीशन की बात करें तो ये कमीशन ए पे 0.18 परसेंट देता है और एटीएम पर 0.20 परसेंट देता है जिसका मैक्सिमम लिमिट हम आपको बता दें ए से छः रुपए और एटीएम से मैक्सिमम दस रुपये तक यानी अगर आपके 0.18 परसेंट के हिसाब से छः रुपए से ज़्यादा कमीशन बनते हैं तो आपको सिर्फ छः रुपये करेगा अगर आप इससे ज़्यादा कमीशन चाहते हैं तो आप पैसों को दो बार तीन बार में भी निकाल सकते हैं अब वही सिस्टम एटीएम टी में भी लगता है कि अगर आप 0.20 के हिसाब से आपका कमीशन दस रुपये से ज़्यादा पड़ता है 11, 12 जो भी तो आपको सिर्फ दस रुपये मिलेंगे उससे पहले उससे नीचे जो भी बनता है यानी 10 के नीचे तो उसको पूरा का पूरा मिलेगा तो ये तो होगा इसके कमीशन की बात अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि मनी ट्रांसफर में इसमें कितना चार्ज लग अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं किसी के खाते में पैसा भेजना चाहते हैं दूसरे के तो आपको एक से लेकर एक तक के बीच में दस का चार्ज देना पड़ता है मिनिमम आप इसमें सौ रुपये ट्रांसफर कर पाएंगे ये ख्याल रखिएगा आपको दस रुपए का चार्ज देना पड़ता है जिसमें तीन रुपये आपको कमीशन के रूप में मिल जाता है और लगभग सात रुपये कंपनी ले लेती है ख्याल रखिएगा कि ये कमीशन सिर्फ अदर लोगों के बैंक में खाता में पैसा डालने के लिए लगेगा अगर आप मर्चेंट हैं तो आपके आपका एक ऐसा यूनिक अकाउंट होगा जिसे आप ऐड कर लेंगे तो उसमें पैसा नहीं लगेगा ट्रांसफर करने का तो चलिए हमने तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस कर लिया आप थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें कमीशन कैसे मिला है तो यहाँ पे आ जाते हैं रिपोर्ट में रिपोर्ट के आने के बाद देखिए अकाउंट हिस्ट्री है और यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं कौन सी डेट से हमें अकाउंट की हिस्ट्री अपने चाहिए तो हम एक नवंबर से लेकर जनरेट करते हैं यहाँ पे आपको दिखा देते हैं एपीएस और एटीएम दोनों के लिए कमीशन चार्ट आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितना मिला है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने अभी अभी, अभी आठ इसमें विद्रॉल किया था जिसमें मुझे एक कमीशन के रूप में मिल गया है यानी कि वही जीरो से थोड़ा सा कम क्योंकि टी कट जाता है और देखिए मैंने एक हज़ार रुपये ए से विड्रॉ किया था यहाँ पे देख लीजिए एटीएम टी है तो उसमें मुझे एक रुपये नब्बे पैसे कमीशन मिला था यानी कि जीरो पॉइंट टू जीरो से थोड़ा सा कम यानी जीरो पॉइंट वन नाइन यानी टीडीएस काट के मिलता है ये कमीशन तो ये तो हो गया इसके कमीशन के बारे में मैंने जैसा कि आपको बता दिया इसमें कई सारी सर्विसेस हैं आ, उसमें आप जैसे कि टू व्हीलर इंशोरेंस मोबाइल रिचार्ज डी रिचार्ज जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें जैस्टार् कर पाएंगे इससे इसकी सर्विस और इसके सर्वर की अगर बात करें तो अगर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दें बैड गुड और एक्सीलेंट तो मैं इसे ना तो एक्सीलेंट दूंगा ना तो बैड दूंगा इसे मैं गुड दूंगा ये ठीक है इतने कम रुपए में अगर मुझे कोई आईडी मिल रही है और इतना अच्छा वर्क कर रहा है तो ये गुड है अच्छी है ये इश्कित तो हो गई सर्विस की बात अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम आई इसका लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं तो इसकी आई लेने के लिए आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को पर भरोसा मत करी क्योंकि फिनों के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है इस समय तो मैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इसके फिनो के मर्चेंट आईडी के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट फिनो पेमेंट बैंक में जाइए वहाँ डायरेक्ट जाके आप किसी रिफरेंस की जरूरत नहीं है वहाँ जाकर बोलिए कि मुझे फिनो का मर्चेंट आई चाहिए वो आपको आपसे दो आई लेंगे आपका फिंगरप्रिट लगाएंगे आपको ये सारी चीज़ें समझा देंगे और उसके बाद आप जो इसमें लेना चाहते हैं तीन की आई लेना चाहते हैं आप पिनपैड के साथ लेना चाहते हैं इसके और भी सारे फीचर हैं जैसे उसमें महंगे हैं नौ की आई है 30,000 तक की आईडी, डी है पैंतीस तक की आईडी, है उसमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन पॉपुलर इसकी यही सिर्फ दो सर्विसेज हैं पहली तो आईडी और दूसरा पिनपैड के साथ आईडी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ पॉपुलर की बात किया तो आप वहाँ पर जाएँगे सब कुछ आपको समझा कर वो आईडी दे देंगे आपके साथ फ्राड नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आप किसी के चक्कर में पड़ते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ फ्राड हो मैं पूरे गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ कि वो फ्राड ही करेगा लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो सकता है फ्राड हो सकता है तो चलिए मैंने तो यहाँ पे बता दिया आपको आ, उसके बाद से मैं बात कर लेता हूँ सेविंग अकाउंट के तो सेविंग अकाउंट अगर फीड में आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्योंकि उसमें आप जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने एटीएम कार्ड के लिए दो सौ क्लासिकल के लिए और अगर आप एटीएम क्लास एटीएम लेना चाहते हैं प्लेटिनम का तो आपको उसमें ढाई सौ रुपये करना पड़ता है ये इसका डिसएडवांटेज है और दूसरी चीज इसमें सेविंग अकाउंट अगर आप जीरो बैलेंस से लेना चाहते हैं तो आपको पाँच रुपए देना पड़ता है एक साल के लिए सर्विस का चार्ज ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाकी इसकी अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर ले सकते लेते हैं तो उससे आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग ये सारी चीज़ें चला पाएंगे अच्छे से यूज कर सकते हैं आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिनो मर्चेंट आईडी कितने की है और उसमें वेलकम किट का क्या चार्ज है कमीशन कितना है और ये ट्रांसफर पर कितना चार्ज लेता है तो फ्रेंड्स चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उससे प्लीज़ लाइक करना ना भूले और शेयर कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक्स टू ऑल जय हिंद